दोस्तों क्योंकि तो तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं तो आइये इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है कैसे आपको ऑप्शंस को चुनना है और किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना सकते हैं साथ साथ ही में आपको लाइव ट्रेडिंग के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपको आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहते हैं तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पर वीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये तो काफी लोग जानते हैं वहीं कुछ लोग जो नए मार्केट से जुड़ते हैं उनको ऑप्शंस के बारे में इतना पता नहीं होता और ऑप्शन के बारे में जानकारी कम रखते हैं तो मैं बताता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स ऑप्शन के बारे में बताऊँगा इसमें मुख्यतः निफ्टी और बैंक निफ्टी आते हैं इन दोनों के ही कॉल्स और पुट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की कॉस्ट को खरीदते हैं और वहीं अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट्स को खरीदते हैं अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि दोनों केसेस में ही हम खरीद क्यों रहे हैं तो चलो मैं इस कन्फ्यूजन का भी हल आपको देता हूँ इसकी दो वजह है दोस्तों पहली वजह यह है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं वहीं जब मार्केट नीचे जाती है तो पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं दूसरी वजह यह भी है कि ऑप्शंस में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो एक्सचेंज के रूल के अनुसार आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का पूरा मार्जिन देना होता है यानी कि अगर निफ्टी फ्यूचर में दो लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है तो ऑप्शन सेल करने के लिए भी आपको दो लाख रुपए ही देने होंगे चाहे तो आप ऑप्शन दस रुपए की सेल करें चाहे दस हजार की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यही वजह है दोस्तों कि ज़्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन में बाइंग ही करते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सेल नहीं भरते बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो ऑप्शन को सेल करके भी चलते हैं और उससे भी प्रॉफिट कमाते हैं उनको हम ऑप्शन राइटर्स कहते हैं ऑप्शन राइटर्स के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा आज की वीडियो में हमें बात करना है ऑप्शंस के बारे में तो हम ऑप्शंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि अभी निफ्टी का प्राइस 16,500 चल रहा है और आपको लगता है कि कुछ दिनों में निफ्टी के भाव और बढ़ सकते हैं और सोलह तक जा सकती है तो हम सोलह की कॉल को बाय करेंगे अगर मान लीजिए अभी उसका प्राइस सौ रुपए चल रहा है और जैसे ही निफ्टी सोलह चली जाएगी तो उसका प्राइस तुरंत तुरंत बढ़ के दो हो जाएगा और उस टाइम पर आपको सीधा सीधा पांच रुपए का मुनाफा हो रहा होगा क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 है इस कारण इसमें आपको 50 गुना सौ यानी कि सौ रुपए का जो रेट चल रहा था उसमें अगर आप पचास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांच हजार इन्वेस्टमेंट जो है वो पांच हजार रुपए लगी और आपको उसमें मुनाफा भी पांच हजार का हो गया यही नहीं अगर मान लीजिए वहाँ सोलह छह सौ की जगह सोलह सात सौ भी चले जाती है तो उसका प्राइस ट्रिपल भी हो सकता है और इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट में ट्रिपल आपको वन बेनिफिट मिल सकता है वो भी कुछ घंटों में या कुछ उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के भाव गिरेंगे तो आप पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे मान लीजिए आपने 16500 मार्केट चल रहा था और 16400 की पुट ले ली और उसका प्राइस सौ रुपए है तो जैसे ही मार्केट 16500 से 16400 जाएगी और उस पुट का प्राइस 200 हो जाएगा उस केस में भी आपको पांच रुपए का प्रोफिट हो जाएगा अब इसमें दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप पांच से ही इन्वेस्ट करें ठीक है सोलह की पुट का रेट अगर सौ चल रहा है तो वहीं अगर 16300 हजार की पुट लेंगे तो उसका रेट और भी कम होगा 16200 के लेंगे तो उसका रेट और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट भी कम ज्यादा होगा क्योंकि जितनी नीचे की या जितनी ऊपर की कॉल्स आप लेते हैं उसमें मूवमेंट उतनी ही कम होती है वोलेटिलिटी काफी कम होती है और उस हिसाब से ही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ऑप्शंस में आपको और भी सस्ते ऑप्शन लेने का एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वीकली ऑप्शन यानी कि मंथली ऑप्शन के साथ साथ आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होते है यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सिर्फ एक हफ्ते चलते हैं यानी कि हर हफ्ते का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि मान लीजिए पहले वीक का एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे वीक का एक कॉन्ट्रैक्ट तीसरे वीक का एक कॉन्ट्रैक्ट चौथे वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो चौथे वीक का कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तीन वीक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और चौथे वीक में मंथली कॉन्ट्रैक्ट को ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर तो तो एक, एक हो जाती है तो इस तरीके से आप मंथली या वीकली ऑप्शन में से चूज पर्सनली भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और डेली पंद्रह सौ से दो हजार रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से बना लेता हूँ हालांकि मैंने अपने ज्यादातर कैपिटल वो जो है इन्वेस्ट किया है शेयर्स के लिए शेयर्स खरीदे हैं लेकिन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट में डेली प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसलिए मैंने उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है ट्रेडिंग करने के लिए मैं ज्यादा फंड इस्तेमाल नहीं करता ज्यादा से ज्यादा 10 से पंद्रह हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट में करता हूँ और उतनी अमाउंट में डेली दस निकल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन भी दिखाऊंगा मैं अपने प्रॉफिट के तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं जहां मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन के चार्ज को लगाना है तो अभी आप मेरा यहाँ पर जो अकाउंट देख रहे हैं ये जीरोधा का अकाउंट है मैं आपको जीरोधा के अकाउंट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है ऑप्शन के चार्ट निकालने हैं तो सबसे पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ तो ये दोस्तों मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी जुलाई पाँच की कॉल 500 की फुट 600 की कॉल 600 की फुट 700 की कॉल 700 की फुट 400 की कॉल 400 की फुट ये सारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं ठीक है यहाँ पे मैंने ट्रेड भी डाली हुई है मैं आपको ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ ये मेरी दो ट्रेड्स हैं जिसमें मैंने निफ्टी की 16500 और 16600 की कॉल को बाय किया हुआ है यहाँ पर जो मेरा बाइंग का रेट है वो एक और पैंसठ रुपए के आस है मैंने यहाँ पे बेड भी लगाई हुई है और मैं आपको दिखा देता हूँ की जो मेरी बेड है वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ओपन मेरी बेड ये है एक पे मुझे इसे काटना है सोलह पाँच सौ को और सोलह छः सौ को ये एक सौ पच्चीस रुपये में मुझे सोलह इसको काटना है सोलह पाँच सौ को और सोलह छः सौ को मुझे नब्बे रुपये पर काटना है तो ये मैंने ऑलरेडी बेड लगा रखे हैं ऑप्शन की इसमें कि जब ये दोनों मेरी पोजीशन कट जाएंगी तो आराम से मेरा पंद्रह सौ से दो हज़ार के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस अब आपको करना क्या होता है आप ऑप्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है मान लीजिए अभी देख लो आप निफ्टी सोलह हज़ार चल रही है तो अब यहाँ पर निफ्टी के किस तरफ जाने के चांसेस हैं उसके लिए आपको निफ्टी का चार्ट लगाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट लिखा ठीक है ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला और यहाँ से आप चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट का रूप किधर की, की साइड है तो आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको मैं किसी भी टाइम का आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं मैं यहाँ पर पंद्रह मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा गिरी मार्केट और उसके बाद अभी ऊपर की तरफ रुक गया है मार्केट ने यानी कि अब ऊपर की तरफ जा रही है और चांसेस भी लग रहे हैं कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसलिए मैंने कॉल बाई की थी और ये देखिए यहाँ पर मेरी पचास क्वान्टिट्टी एक ये कट भी गई है ठीक है मैं आपको पोजिशन में दिखा दूँ ये देखो यहाँ पर मेरी एक क्वान्टिटी यहाँ पे कट किए जिसमें मुझे ग्यारह सौ रुपये का प्रॉफिट मिला दूसरी क्वांटिटी मेरी अभी अवेलेबल है जिसको मैं 90 रुपीज़ पर काटूंगा जब ये 90 आ जाएगा तब तो ये अपने आप कट जाएगी तो ग्यारह सौ रुपये तो मेरे बुक हो गए ठीक है अब बचे यहाँ पर जो भी इस वाले ट्रेड में तो ये विल ट्रेड भी आराम से कट जाएगी ठीक है अब आते हैं ऑप्शन के चार्ट पे वापस ठीक है तो यहाँ से जैसे आपको लगता है मार्केट ऊपर या नीचे जा सकते उस हिसाब से आप कॉल या फूड परचेज करेंगे अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय कर सकते हैं अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाय कर सकते हैं लगाना बहुत ही आसान है निफ्टी के चार्ट में जब आप यहां पे लिखेंगे निफ्टी और जो भी आपको लगानी है सोलह हजार आठ लगाने मान लिया सोलह हज़ार आठ लिखेंगे तो यहां पर आप देखोगे ये जो कॉल है ये मंथली कॉल है यानी कि ये लास्ट कॉल जो होती है लास्ट वीक अब एक्सपायरी है अट्ठाईस तारीख को दो दिन बाद इसकी एक्सपायरी ये वो वाली कॉल है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर चार अगस्त की कॉल आ रही है चार अगस्त की जो कॉल है ये है वीकली कॉल ठीक है उसके बाद यहाँ पे 11 अगस्त की कॉल है ये भी वीकली कॉल है उसके बाद 18 अगस्त की कॉल है ये भी वीकली कॉल है और उसके बाद जो है सितंबर की कॉल है तो यानी कि तीन वीक्स की हमारी कॉल्स और पुट्स होती हैं तीन वीक्स को आप वीकली में कर सकते हो और चौथे वीक जो मंथली कॉल है उसी को आप वीकली कॉल कंसिडर करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि डायरेक्शन किधर है मार्केट किधर किस तरफ जा सकती है क्या रुख बना सकती है तो आप हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम दोस्तों है एल्गो क्रैप जब आप एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई देता है अब इस डैशबोर्ड में आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रेटजी हमारी आप यूज कर सकते हो काफी सारी स्ट्रेटीज यहाँ पर अवेलेबल है इनमें से कोई भी स्ट्रेटी आप लगा सकते हो ये देख रह रहे हो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रैटीज है इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो आपको करना क्या होगा आपको सबसे पहले आके अपना ब्रोकर यहाँ पे अटैच करना होगा जो भी आपका ब्रोकर है कोई भी ब्रोकर के साथ आप लिंक कर सकते हो इतने सारे ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल हैं किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट लिंक कर सकते हो अकाउंट लिंक करने के बाद आपको अपडेट करके गेट एक्सेस टोकन पे जाना होगा और टोकन लेना होगा जैसे ही आपको सक्सेसफुल टोकन मिलेगा यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ डिजिट्स दिखाई देंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको सीधा जाना है स्ट्रेटजीज के सेक्शन में और या फिर अगर आप ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी में जाना ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जाएंगे हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से कॉन्ट्रेक्ट में ट्रेड करना है जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी में करना है तो आपने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है ठीक है अगर आप किसी किसी ब्रोकर में डेट डालनी जरूरी होती है किसी किसी ब्रोकर में डेट डालनी जरूरी नहीं होती मतलब कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको डेट डालनी ही डालनी है मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ अगर आप किसी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो डेट डालने की कभी कभी जरूरत नहीं होती है जो ब्रोकर अभी मैंने सिलेक्ट किया है उसमें डेट डालने की जरूरत नहीं है अदरवाइज अगर आप एंजल के अकाउंट पे यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे डेट जरूर डालनी पड़ेगी चाहे आप वीकली एक्सपायरी करो चाहे आप मंथली एक्सपायरी ठीक है जुलाई लिखा मैंने यहाँ पे ट्वेंटी टू लिखा स्ट्रैटी यहाँ पे इतनी सारी कोई भी स्ट्रैटेजी में यूज कर सकता हूँ तो हमारे मैं ऑप्टिमम यूज किया उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वान्टिटी फिफ्टी ऑलरेडी डाली हुई है और यहाँ पे टारगेट वन है मेरा टारगेट वन सिलेक्टेड और स्टॉप लॉस सिलेक्टेड है उसके बाद मुझे यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है करूँगा तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा मुझे एक कार्ड दिखाई देगा उस कार्ड में मुझे बटन दबा देना स्टार्ट का बटन अब ये मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया अब ये स्टार्ट हो गया बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली होता रहेगा जो भी आप ऑप्शन में लगाना चाहते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी लगा सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं छः दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको और आप फ्री ट्रायल को यूज़ करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आया होगा किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट होता है तो अगर आप भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अगर आपको नहीं आती तो आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग